जय हिंद दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास बारह केमिस्ट्री जिसका हमारा चैप्टर है रासायनिक बलगति यह विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के, के को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है जैसे टी सेकेंड में कोई भी अभिकारक उत्पाद में कितने कितने बेग से बदलता है इन्ही बातों का हम अध्ययन करते हैं तो चलिए देखते हैं यहाँ पर टी बराबर टी आर उत्पाद P होता है उत्पाद उत्पाद समय T बराबर अभिकारको सेकंड में अभिकारक दस होता है उत्पाद होता है T बराबर वन सेकंड में अभिकारक आठ होता है उत्पाद दो होता है T बराबर टू सेकंड में छ होता है अभिकारक उत्पाद चार होता है होता T बराबर थ्री सेकंड में अभिकारक चार होता है उत्पाद छ होता है टी बराबर फोर सेकेंड में अभिकारक दो हो जाता है जबकि उत्पाद आठ होता है बराबर में अभिकारक जीरो होता है और उत्पाद दस हो जाता है तो देखते हैं यह रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसी रासायनिक को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन किया जाता है तो यहाँ पर देखते हैं अभिकारक की तरफ से यहाँ पर लिखेंगे बेग, बेग लिखने के बाद अविकारक की सांद्रता में परिवर्तन बराबर यहाँ पर देखते हैं अविकारक की सांद्रता में परिवर्तन परिवर्तन में लगा समय यह अभिकारक हो गया अब उत्पाद की माध्यम से देखते हैं बेग दोनों माध्यम से निकलेगा चाहे अभिकारक से निकालें या उत्पाद से तो देखते हैं उत्पाद के माध्यम से बेग बैंक बराबर देखते हैं उत्पाद की सांद्रता में में परिवर्तन परिवर्तन बटे लगा समय तो यहाँ पर देखते हैं टी बराबर एक सेकंड से टी बराबर से किरना परिवर्तन होता है, तो है उत्पाद दो होता है यहाँ पर देखते हैं अभिकारक की सान्दरता में बटे परिवर्तन में लगा समय तो इसका होता है आर वन आर टू टी वन टी यहाँ देखते हैं आर टू माइनस आर वन बट्टे टी टू माइनस टी वन बराबर आर टू के स्थान पर क्या दिया गया है आर टू के स्थान पर दो दिया गया आठ और टी टू के स्थान पर चार और टी वन के स्थान पर दो टी वन के स्थान पर टी वन के स्थान पर एक दिया गया है तो देखते हैं जब घटा तो बाकी माइनस छाइनस दो और टी वन से टी फोर सेकंड में दो से आठ होता है जबकि टी टू माइनस टी वन बट्टे टी टू माइनस टी वन बराबर आठ माइनस दो फोर माइनस वन बराबर सिक्स बाई थ्री बराबर टू अभिकारक वाले बेग में माइनस दो उत्पाद वाले परिवर्तन में प्लस दो आता है ऐसा की होता है अभिकारक समय के साथ साथ घटता जाता है और उत्पाद समय के साथ साथ बढ़ता जाता है तो अभिकारक यहां देखते हैं अभिकारक देखते हैं अविकारक अभिक अभिकारक सम... तो देखते हैं अविकारक समय के साथ घटता है और उत्पाद समय के साथ बढ़ता है अविकारक समय के साथ घटने की वजह से माइनस आता है और उत्पाद समय के साथ बढ़ने की वजह से प्लस आता है तो हमें इनका निकालने के लिए अधिक कुछ कर नहीं करना पड़ेगा यहाँ कर देते हैं माइनस अगर हम यहाँ पर माइनस कर दे तो अविकारक की शांतरता बराबर उत्पाद की शांत आ जाएगी औसत बेग बराबर माइनस डेल्टा आर बटे डेल्टा आर मतलब हो डेल्टा मतलब होता है परिवर्तन डेल्टा माने डेल्टा आर में परिवर्तन बटे डेल्टा टी और औसत बेग बराबर डेल्टा पी बटे डेल्टा टी अब देखते हैं इसके परिभाषा के अनुसार इस रासाय बलगत को अब हम इसके परिभाषा के अनुसार सटीक रूप में एक बार और देख लेते हैं कैसे होता है कि हम देखते हैं अब किसी रासायनिक्रिया में एक निश्चित समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में हुए परिवर्तन में समय से भाग देने पर अभिकारक और उत्पाद का औसत बेग प्राप्त किया जा सकता है तो रासायनिक बलगत में जो अभिकारक उत्पाद में परिवर्तन होता है टीस सेकंड में तो वही बात देखा जाता है की कि वह कितने बेग से परिवर्तन होता है उसी बेग को दर्शाने के लिए यह फार्मूला और यह फार्मूला बनाया गया है तो आज का टॉपिक यहीं तक मिलते हैं कल अगली वीडियो में